फ्रेंड अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम पे जाएंगे यहाँ वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड दिखेंगे ये यह यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पिक डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है यूज़र नेम में आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं और जो आपका पासवर्ड है वो आपको देना है ये कैब्चा जैसा ऐसा ही देना है अगर कैप्चर समझ नहीं आ रहा तो रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट नहीं है तो आप डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड ऐसे न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको मोबाइल नंबर देना है ये कैप्चा जैसा ऐसे ही देना है ये समझ में नहीं आ रहा तो रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे कैप्चर चेंज हो जाएगा आप यहाँ ई डाउनलोड पर क्लिक करेंगे मोबाइल के स्किन को फ्रेंड आपको डेस्कटॉप मोड में ही रखना है इससे आपके मोबाइल के स्किन लैपटॉप या डेस्कटॉप की तरह हो जाती है तो यहाँ पे फ्रेंड ये एपिक नंबर जो है ये आपका वोटर आईडी नंबर है तो आप अपना वोटर आईडी नंबर देंगे वोटर आईडी नंबर में आप कोई भी स्लैश नहीं देंगे यहाँ अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे ये नीचे फ्रेंड आपका वोटर आई की कुछ डिटेल आ जाएगी मीन्स आपका एपिक नंबर आ जाएगा नेम आ जाएगा फादर का नेम आ जाएगा स्टेट आ जाएगा और अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो वो नीचे आ जाएगा तो फ्रेंड अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ शो हो रहा है तो आप क्या करेंगे नीचे की तरफ आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ एंटर करना है उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे डाउनलोड ई का ऑप्शन आएगा इस पर आप क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड इस वोटर आईडी कार्ड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ये बिल्कुल वैलिड है आप चाहें तो इसका लेमिनेट भी करा सकते हैं प्रिंट करा सकते हैं